अरे सूरज भाई बुआई तो तुमने सही टाइम पे कर दी पर इस बार टॉप बोरर का जबरदस्त अटैक आया है गन्ने पर अभी तैयारी कर लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े हाँ बहुत चिंता हो रही है मुझे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा अरे इसमें समझना क्या है मैं तो इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ वो कैसे वैसे ही जैसे हर साल देता हूँ मैं लाया हूँ फर्टेरा। तो इस साल जो इतना ज़्यादा टॉप बोरर अटैक आया है उससे भी फर्टेरा सुरक्षा देगा हाँ हाँ बिल्कुल देगा टॉप बोरर से एफएमसी का फर्टेरा देता है एक बेहतरीन सुरक्षा क्योंकि इसमें है की शक्ति और ये शक्ति पिछले कई सालों से मेरी फसल को एक बेमिसाल सुरक्षा दे रही है जिससे मेरी पैदावार अधिक स्वस्थ और अधिकतम हुई है अच्छा हाँ और इसका इस्तेमाल भी है आसान गन्ना किसानों के लिए एफएमसी कंपनी लाई है साढ़े सात किलो का स्पेशल पैक जो की इसकी प्रति एकड़ की दर भी है फर्टेरा को रेत या किसी भी फर्टिलाइजर में मिलाकर और दोनों न मिले तो इसे अकेला ही पूरे खेत में डाल दो टॉप बोरर खेत के आसपास भी नहीं फटकेगा अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है मैं भी आज ही फरटेरा लाऊंगा और फिर टॉप बोरर को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगा तो जोर से बोलो टॉप बोरर, तो बोरर से मिले छुटकारा करना ऊँचल रहे हमारा साल दर साल फरटेरा बेमिसाल